श्याम तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आया हूँ मांगने कुछ नहीं आया बाबा बस तुम्हें मांगने आया हूँ बस तुम्हें मांगने आया